हाई फ्रेंड्स आई एम उदय मिश्रा वेलकम टू बैक्स माई चैनल्स एमबीएस मिटी टूडे आई एम डिसकस अबाउट इन दिस वीडियो हाउ टू क्रेट अ यूट्यूब्स बैनर्स यू लुक एज अन्स दिस टाइप्स क्रेट अ सैम्स बैनर्स सो फॉलो फर्स्ट यू वॉन्ट्स एप्लीकेशन्स एप्लीकेशन्स नेम इज़ अ पिग्जल एप्स सो डाउनलोड यू पिग्जल एप्स I am already आई एम आलरेडी डाउनलोड द पिग्जर्स लैफ एंड ओपन पिग्जले फस्ट चूज बैकग्राउंड फस्ट I am choose a uh, white background. Then you are choose uh, you are अ बॉटम्स फस्ट रो ले right corners. क्लिका थ्री पॉइंट ओपेन आ पॉपऑक्स बार्स एंड लुक लाइक मेनी ऑप्शन लाइक आ यूज इमेज फ्रॉम गैलरी फुल स्क्रीन यूज इमेज फ्रॉम कैमरा एक्सपर्ट इमेज एंड आईएम क्लिक्स इमेज सैज एंडन लुक आ कस्टम्स क्लीका कस्टम ओपेन मेनी ऑप्शन Uh, like customs squares लाइक कस्टम्स स्क्वायर्स प्रोफाइल पिक्स यूट्यूब चैनल बैनर क्लिका यूट्यूब चैनल बैनर्स एंड क्लिका ओके first row and first columns फर्स्ट कॉलम्स plus and uh, open uh, many options so सो क्लिका from gallery I choose a picture from a gallery. First, I am downloaded already. Uh, some uh, first, I'll ask uh, you downloads a download a binary structures and binary structures are just uh, look like. So. Just skin size. Then uh, add a new stretchers, and uh, you are you look at skins. Uh, you are stretchers, desktops, manuals, and mobiles. First, uh, these portions, uh, mobiles and desktops. Look as a and this portion is a tablet and this portion is desktop maximum. So first uh, backgrounds a uh, lock. So layers, click a layer and then is lock. Then uh, uh, choose a piece. Click a plus options and click a from gallery. Use one options from galleries. Take a pics gallery. I have the at take a pics gallery. documents photo then adjust this photo i am that yeah, this picture is adjust and uh, third and others then uh, click a plus options from a garden to a garden i have already downloaded youtube's logo youtube logo click transmitter set logo youtube logo and adjust and first photo is locked photos locked and youtube क्लिक क्लिका टैक्स, राइट एमबीएस मिकी प्योर चैनल प्योर चैनल्स एमबीएस क्लिक एंड स्क्रॉल एमबीएस मिक्क यूट्यूब लोगो इज लॉक एंड दे एडजस्ट एमबीएस मिकी ऊर्जा कलर I am choose uh, colors, a uh, red colors. Click on lights and size, sizes increases. And uh, styles, stylish board. Click then font, a uh, font is are uh, are besters. Okay. And want stock. एंड यू वॉन्ट्सटोक सो क्लिक स्टोक स्टोक इज अलो कलर्स एंड आई वांट ए लोगो केंगेस I want a logo from galleries. Click a from a gallery. टै का लोगो एम बी एस एडजस्ट दोगो मेन माइज लोगो एंड दिस इज द एडजस्ट ए लोगो यू इफ यू आर डिलीट देयर्स एंड बैनर स्ट्रेचर इज डिलीटेड बैनर स्ट्रेचर इज डिलीटेड सो Look at, press, uh, by, binars, U2 binars, and click a save as a image, and download it from gallery. I have downloaded. So I hope. So I hope. Yeah. Uh, enjoy this video and jai ho jai ho